कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो बार बार यूज़ होती है जिसको हमको बार बार उपयोग करना है तो ऐसा कौन सा ट्रिक होता है जिसके माध्यम से उसको हम बार बार यूज़ करें तो इसके लिए कट पेस्ट और जो कॉपी है ये ऐसे तीन ऑप्शन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उपयोग करने पड़ते हैं तो इसमें ऐसी बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में तो जो आज का टॉपिक है कट कॉपी पेस्ट का उपयोग कैसे करें इसको इस वीडियो में समझने वाले हैं जहां पर हम ये समझेंगे कि एकदम छोटी से छोटी भी चीज़ जो बारी किए हैं वो यहां पर हमने इसको फोकस्ड किया है दोस्तों मैं हूं रंजन नगपूर हमारे चैनल में आपका स्वागत है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है उसको आप प्रेस कर देंगे साथ ही उसके बगल में घंटी का बटन है उसको दबा देंगे तो उससे नोटिफिकेशन आपको आने लगेंगे हमारे जब भी वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर नए नए और इसी से रिलेटेड क्योंकि मैं कंप्यूटर और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी सेट करते रहता हूँ यूट्यूब पर तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करता है यदि आप इंटरेस्टेड है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो जरूर उसको प्रेस कर देंगे और साथ ही जो है वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए फिर उससे हमको सपोर्ट मिलता है और भी अच्छे से अच्छा वीडियो और बनाने के लिए और आपका प्रोत्साहन हमें बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए साथ ही साथ यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए या और कुछ हटकर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें या कैसा लगा वो हमको बताएं कमेंट सेक्शन में चलते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो यहाँ आज हम सीखने वाले इस वीडियो में कट कॉपी और पेस्ट के बारे में कंप्यूटर में कैसे हम कट करते हैं कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं ये तीन ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है चार प्रकार से जिसमें एक है कट दूसरा है कॉपी तीसरा है पेस्ट और यहाँ पर एक है फोल्डर आल नाम से तो हम ये चारों के बारे में समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम कट के बारे में समझते हैं तो यहाँ हम ये फोल्डर है कट नाम से तो मैं इसको कट करना चाहता हूं तो कट यानी वो है कि जब मैं यहां इसको कट कर दूंगा आप देख सकते हैं मैंने यहां राइट क्लिक किया और यहां पर ये कट का ऑप्शन है इसको मैंने जैसे क्लिक किया तो ये यहां से कट यानी इसको पुरानी जगह से दूसरी जगह जब इसको पेस्ट करना है नकल करना है तो इसको मैं दूसरी जगह ले जा उतार दूँगा यानी यहाँ पर मैंने जो आर लिखा था उसमें मुझे पेस्ट करना है तो ये यह यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन खुल गया है मैं जैसे इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये यह यहाँ पर कट वाला जो ऑप्शन था यानी जो मैंने कट किया था वो यहाँ आ गया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कट नाम का जो फोल्डर है वो नहीं है यानी कि जो कट का ऑप्शन है वो काम करता है पेस्ट करने के बाद में पुरानी जगह से हट जाना है यानी वो जो फोल्डर है जो फाइल है जो भी आइकन है वो यदि आपने कट किया है और नई जगह में पेस्ट किया है तो पुरानी जो जगह है पुराना जो लोकेशन वहाँ से वो हट जाएगा जो भी फाइल या फोल्डर है ठीक है तो ये हो गया कट अब हम बात करते हैं कॉपी की तो कट और कापी दोनों से पेस्ट ही होना है लेकिन हमको यहाँ समझना होगा कि जो कट है वो पुरानी जगह से फाइल हट जाती है लेकिन कॉपी से एक हु नकल हो जाएगा उसका उस मैटर का फाइल का फोल्डर का या जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है तो अब हम यहाँ पर इस कॉपी के आइकन को राइट क्लिक करते हैं माउस से और यहाँ पर जो कॉपी वाला ऑप्शन है इसको मैं दबा देता हूँ तो अब यहाँ पर एक कॉपी हो गई है कॉपी नाम के फोल्डर की और जिसको मैं यहाँ पर आल फोल्डर में ले जाकर इसको पेस्ट करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉपी नाम का फोल्डर है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है यानी वहां से एक कॉपी नाम के फोल्डर का आल नाम के फोल्डर में मैंने पेस्ट किया है तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से उसकी हूबहू नकल हो गई है लेकिन यहाँ पर कॉपी नाम का फोल्डर आ गया और आप देख सकते हैं कॉपी नाम का फोल्डर यहाँ पर भी है यानी कि कट और कॉपी दोनों में यही अंतर है कि कट जो ऑप्शन है उसके माध्यम से फाइल या फोल्डर वहाँ से हट जाएगा रिमूव हो जाएगा लेकिन कॉपी यदि करते हैं तो उसकी एक और कॉपी एक और नकल बन जाएगी अब हम समझते हैं पेस्ट के बारे में तो पेस्ट वो ऑप्शन है जो कि कट और कॉपी को परफॉर्म करता है जब तक आपके पास कट या कॉपी ऑप्शन नहीं होगा या कट या कापी आपने नहीं परफॉर्म किया होगा तो पेस्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा अब यहाँ पर जो पेस्ट है इसको मैं जैसे ही यहाँ से कॉपी करता हूँ और आल नाम के फोल्डर में मैं ले जाकर इसको वापस से पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट वापस से यहाँ पर आ गया है और चूँकि मैंने कॉपी किया था पेस्ट नाम के फोल्डर को तो इसलिए आल नाम के फोल्डर में भी वो पेस्ट आ गया है लेकिन हुआ है कॉपी तो कहने का मतलब ये है कि यदि जब तक आप कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट नाम का जो ऑप्शन है पेस्ट ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पर कट कॉपी और पेस्ट इस प्रकार से काम करते हैं फोल्डर हो फाइल हो सॉफ्टवेयर हो एप्लीकेशन हो ये डेस्कटॉप के ऊपर में अब हम थोड़ा वर्ड खोल लेते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से मैटर है अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम कट के बारे में समझने वाले हैं तो कट के बारे में यहाँ जो ये एक पैराग्राफ है इसको मैं कट करता हूँ यानी यहाँ से मुझको कट कर, कर अलग ले जाना है यहाँ नहीं रखना है तो इसको मुझे कट करने के लिए या तो कंट्रोल के साथ एक्स करना होगा या फिर यहाँ से मुझे कट करना होगा तो मैं यहाँ से कट कर दिया और मान लीजिए मुझको यहाँ पर उसको पेस्ट करना है तो मैं यहाँ ले जाके उसको कंट्रोल वी प्रेस करूँगा और वो मैटर यहाँ पर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो ये यह मैटर यहाँ लिखा हुआ था कट करने के बाद वो यहाँ से कट हो गया यहाँ से हट गया लेकिन यहाँ हमने उसको पेस्ट किया इसलिए यहाँ पर वो उसके साथ जुड़ गया तो इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कट का ऑप्शन है इस प्रकार से काम करता है अब हम कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी के लिए हमको इसको सेलेक्ट करना होगा या जो भी हमको कॉपी करना है तो उसको हमको सेलेक्ट करना हो चाहे जितना मैटर हो पैराग्राफ हो सेंटेंस हो या वर्ड हो तो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं पूरे पैराग्राफ को और ये पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर उसको ले आना है पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल बी करूंगा तब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया और पेस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक कॉपी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इस प्रकार से कट काम करता है और कॉपी काम करता है और जब तक हमारा कट या कॉपी ऑप्शन परफॉर्म नहीं होगा तब तक पेस्ट का ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं होगा तो इस प्रकार से कट कॉपी का पेस्ट काम करता है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और उसके साथ में आल नोटिफिकेशन को भी दबा देंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद